राम राम जी से भी कहो दीप बुटी कलेक्शन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है तो कति पार्टी वेयर सूट है और कुछ प्रिंट वाले है जो अपने फुल ट्रेंड में है वो वाले डिजाइन भी आगे है तो अभी जुड़ साहब ऑर्डर करना है फटाफट जल्दी से जल्दी कर दिया करो ये ऑर्डर आपने कैसे करना है वो मैं हर रोज बताती हूँ जो भी नए जुड़े हैं वही उनको बता दू पहले वीडियो देखो आप उसमें से स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना स्क्रींचोट लेके स्क्रीन शॉट पर, पर डाल दियो भाई जो भी अवेलेबल होगा तो भी बता दिया जाएगा आप तो ही और नहीं होगा तो भी बता दिया ऑल इंडिया होम डिलीवरी है इंडिया से बाहर भी है विलेज सिटी कहीं भी हो आप सब जगह अवेलेबल हो जाएगा और वही पेमेंट ऑनलाइन रहेगी गूगल पे फोन पे पेटीएम पे, बैंक ट्रांसफर जैसे भी आपको सुविधा लगे सब एक्सेप्टेडी के लिए माफी अभी तो आज देखो कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है और कलेक्शन पसंद आइक जरूर कर दिया ठीक है जो भी चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ये देखना जी फैब्रिक रहेगा बिल्कुल विस्कोस क्वालिटी और पिस्ता कलर है इसका लाइन में डिजाइन रहेगा लाइन में भी जो है सेल्फ सा प्रिंट दे रखा है ये देखो जैसे ब्रुज प्रिंट वाग न, उस तरह का डिजाइन दे रखे बहुत सुंदर ऊपर के पूरे में गोटा पट्टी का काम है और ओरिजिनल मीर है ओरिजिनल मिरर है ऊपर का ये दागे से अटैच इस तरह ये बुट्टे से बना रखे हैं बीच बीच में ठीक है ओरिजिनल मिरर रहेगा जी गोटापट्टी का काम है दागे का काम है ये वाला गले पे काम गले पे देखो कितना सुंदर बिल्कुल सोबर सा लुक दे रखा है गोटापट्टी के साथ ओरिजिनल मिररर दागे का काम तीन बटन लग रहे टाइप पट्टी पे और ये सारा देखो आउटलाइन में भी इसमें ये गोटापट्टी वाला काम ठीक है बहुत सुंदर काम दे रखे बाजू दे रखी है सिर्फ ये आगे बॉर्डर दे दिया नीचे भी देखो ये अपना ये बॉर्डर दे दिया ऊपर से प्लेन है ये बाजू का दे रखा है बैक भी प्लेन है जिसकी पिस्ता कलर है बहुत ही सुंदर और ये लीलन में बॉटम रहेगी इसकी और ये आ जाएगा फुल प्योर के साथ दुपट्टा दुपट्टे पे भी जो है ब्रूस प्रिंट का काम है और गोटा पट्टी का काम ये देखो फुल प्योर के साथ ये वाला चुगर है बॉर्डर दे रख्या जैसे कमीज में है अपना और ये बीच में आ गया गोटापट्टी से आउटलाइन करके पूरा फूल की ठीक है बड़े बड़े से फूल दे रखे ये ये देखो इस तरह वर्क रहेगा जी पूरा लंबा चौड़ा दुपट्टा रहेगा और दुपट्टे का साइज आपने देखे लिया फूल प्योर के साथ और गेंजा फेब्रिक विस्कोस और ये वाली सूट की लूक ठीक है जी और रेट रहेगा इक्कीस इसमें मिल जाएंगे आपने दो कलर एक कलर ये है पीच पीच कलर ये कलर है, पीच, ये ये देखो बहुत ही सुंदर है दो कलर मिल जाएंगे रेट रहेगा जी 2100 रहेगी आपकी अलग 2100 रुपए से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपने शिपिंग चार्जेज इंक्लूड नहीं ठीक है जी लोकल घर ताजी 60 रुपए और उसका अपने एरिया के हिसाब से बता दिया जाएगा अपने बाईर का ठीक है अब देखो जी एक और नई वेराइटी ये प्रिंट वाले हैं जो मिरर वाले वर्क वाले ये भी आ आपने भी आ गए कितना भी स्टॉक ले लियो आप आगे ओरिजिनल मिरर के साथ आपने इसमें वर्क नहीं लिया बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है ये आ गए डिजिटल प्रिंट और कलर देख लो कितना सुंदर है इसका कलर बहुत ही प्यारा है क्योंकि बतरी लेंथ दे रखिये जी ये और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है इसका ठीक है कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है ये देखो डार्क पर्पल कलर से ये ओरिजिनल मिरर कवर कर रखे जी साइड से कवर कर रख्या ये और ये आपने कलरफुल सा प्रिंट दिख रहा होगा आपने बहुत ही सुंदर बिल्कुल सॉफ्ट जॉर्जट रहेगी इनर लगेगा इसमें जरूर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जॉर्जट दे रखी है बिल्कुल। ये देखो जी, गड़े पे काम रहेगा इसमें और बाजू पर रहेगा ये दो लाइन सी अपनी एक इस बाजू की एक इस बाजू की ये आ जाएगा बाजू पे वर्क ठीक है।, है और ये जाम कॉटन में इसकी रहेगी जी बॉटम को ती दे रखी है बोटम जाम कोटन में बॉटम रहेगी पहले इसमें जोर दी तो इसमें आप नहीं भी सलवार में इनर लगाने की कोई जरूरत नहीं है अस्तर वस्त्र ठीक है।, है बिना इनर आपका सूट रेडी हो जाएगा और ये कंट्रास्ट में प्योर का दुपट्टा मिल जाएगा ये देखो जी प्लेन रहेगा इसका दुपट्टा फोर साइड आपने ये पंजाबी लेस मिल जाएगी ये वाली गोल्डन कलर पतली सी है ज्यादा है नहीं है सिंपल सोबर दुपट्टा है कोई वर्क नहीं है जी दुपट्टे पे लेकिन पूरा लंबा चौड़ा दुपट्टा रहेगा प्योर के साथ आपको दुपट्टा मिलेगा कंट्रास्ट देखो थ्री में सूट है ये प्रिंट का कमीज ये वाली दुपट्टा और पर्पल सेड में इसकी दुपट्टा ये इस बोट में ये आ जाएगा रेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ ₹1400 सौ वर्क के साथ है ओरिजिनल मिरर का काम है इसमें पीस आप पीछ इसमें कितने भी ले लियो सोलो कलर आएगा सोलो डिजाइन के साथ सिर्फ और सिर्फ चौदह सौ रुपए कितने भी पीस ले लिया हो इसकी बहुत डिमांड हो रही थी ये किसमें डिजाइन और आया है ये देखो आप। इसकी पिक भी है भाई ये ये वाली देखो पिक दिखाने भूल गई थी मैं इस सूट की पिक देख लो सेम है जैसे मॉडल ने डाल रखे हैं ना सेम पिक है जो दिखाया था ना उसकी ठीक है ये मैं अपने डाल भी दूंगी आपने अगर पूरा सूट का लुक देखना है तो एक ये देखो जी ये भी जोर्जेट फैब्रिक में है ये देखो डिजाइन देखो आप रंगोली डिजाइन वाले है ये बहुत ही सुंदर गजब का प्रिंट है और लाइट सा कलर है इसमें जितने भी कलर दे रखे बिल्कुल लाइट लाइट से गजब का काम है इसमें और इसमें भी रहेगा ये इसमें पेपर मिरर है इसमें ओरिजिनल मिरर नहीं है ये सितारा वाला है ये मिरर ठीक है सितारा सा लगा रखे धागे से कवर कर रखा है ये और इसमें ये कटवर के साथ तैयार कर रखा है येलो कलर के धागे से ये देखो डाई पट्टी पर भी छोटा छोटा हाँ कटवर बिल्कुल सोबर सा ठीक है ये आ जाएगा लेंथ विड का इसमें भी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि बहुत सारी लेंथ दे रखी कोई इशू नहीं आपका और नीचे जोड़ी पर दे दिया ये बड़ा बड़ा सा कटवर्क आप कट करना चाहो कट कर सको हो और यूं का यूं मोड़ना चाहो तो यूं का यूं मोड़ सको इस पर भी मिररर का काम है दागे से ऊपर का कवर कर रखा है ये येलो कलर का है जो ये बेल सी बना रखी वो भी दागे का, का ठीक है इसमें ये रहेगा जी बाजू का वर्क ये आ गया येल्लो कलर से कटवर्क है छोटा छोटा और ये रानी सा कलर है मिररर कवर कर रखे ये एक बाजू यही दर एक ही इधर ठीक है बहुत ही सुंदर सा काम है जोड़ी भी है गड़ा भी है और वही बाजू भी, भी इस पे आ जाएगा जी बॉटम पे भी वर्क इस पे आपने बॉटम पे भी वर्क मिलेगा ये देख लो ये इस तरह मिरर लगा रखा है नीचे का ये कट वर्क भी कर रखे जैसे बाजू पे वर्क है ना उसी तरह इस पे बॉटम पे भी वर्क है बहुत ही सोबर सा बिलकुल येलो कलर की कंट्रास्ट में बॉटम है और इसमें रानी कलर का दुपट्टा है फुल प्योर का ये देखो जी रेट के हिसाब से बहुत ही सुंदर चीज है भाई बहुत ही सुंदर ये रानी कलर का इसके साथ दुपट्टा प्योर का दुपट्टा मिलेगा इसमें भी गोल्डन कलर की लेस लगा रखे है फोर साइड ये देख सको आप साइज अपना पूरा रहेगा ये देखो, देखो। ठीक है आ जाएगी सूट की लुक। फाइनल लुक फाइनल देखो सिर्फ और सिर्फ चौदह सौ रूपये में ये वाला सूट है, आपको मिल जाएगा ठीक है इसमें भी इस डिजाइन में सोलो कलर है जी जितने भी पीस लेना चाहोगे आप सारे इसी कलर में मिलेंगे और वे कितने भी पीस ले लियो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपने स्टॉक फुल है क्योंकि डिमांडेड चीज है मोस्ट डिमांडेड ठीक है जल्दी से जल्दी भी ऑर्डर बुक करना अपना जो भी बहन अपनी पेमेंट पहले पे करेगी उसी को सूट मिल जाएगा अन्यथा नहीं मिलेगा रख्या किसी का नहीं जाएगा भाई हर रोज बोलती हूँ ठीक है तो आज के लिए इतना इजी कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ राम राम जी